जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के वचन जो हमारा हमेशा से मार्गदर्शन करते रहे हैं कदे किसी द नहीं करनी चाहिए गुरुजी कहते हैं कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए हमेशा अपने घर को देखकर चलना चाहिए जय गुरुजी